मिलन की आस है ये जिंदगी हर सुख दुख का एहसास है ये जिंदगी कभी मिले तो मेरे ख्वाबों में आओ तुम्हारे बिना बड़ी उदास है मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जान i love you singer wahi apna zakri king veer singh punota music bhai apna shri chhot mata recording studio jhotka barwada on the track sarvanya baseri this song editor hari om suman sandera मारो चांदे <laughs> कोने मारो चांद सारदने गी के चक्कर काट कोने दी के मारो चांद सारदन गलिक चकर काटो कोने दी के मारो चांद सारदन गली क करते करते इकरार कर बैठे हम तो तुमसे एक तरफा कर बैठे प्यार कर आई लवो थारी को जान थारी दो फोटो बटवा में मुंडे बोल रही कोने जानू थारी दो फोटो बटवा में वो तो तो है है प्यार की है कोई हसीन खता हर खता के साथ थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सजा के साथ सजा के साथ यार मिल जा जाये थारोजना याद अच्छा चकेदारे यारोजना याद करे चकेदारे यार मिल जा यार देख रोज़ रोजना देख करे आर तेरी बात का है कुछ नशा धीमी बरसात का है on, हमें तुम यू ही पागल मत समझो ये दिल पर असर पहली मुलाकात का है मुलाकात का है tarik me mari jaan hamesha so se hoye the wo ko tarik me mari jaan hamesha so se hoye the wo ko tarik me mari jaan hamesha so है कि पहली नजर में लुट गई। लुट जानवर हो कोई कोने दुनिया में तु दे साथ बेरो जानवर कोई कोने दुनिया में तु दे साथ सो जानवर कोई कोने दुनिया में तु दे साथ सो जानवर कोई कोने जैन्दी। जैन्दी। सुनो बस इतना है तुमसे कहना हमेशा मेरे ही होकर देना हो <laughs> जान तूरे तू बीचल जा तो मिलती बोल तीर जाओ जान तू दूर बीचल जा तो मिलती तेरी जो जानो तू दूर बीच जा तो मिलती बोल मालूम था कि इसके होता क्या है क्या रे बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई ये दो काबाज दुनिया में डर आशीष ये दो का दुनिया में डरे आशीष